बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है बेटा कुछ लेडीज परफ्यूम जैसा है लेडीज परफ्यूम की खुशबू कैसे आएगी पापा घर में तो सिर्फ हम और आप रहते हैं किसके ब, ब, ब, ब, ब, आप के होंगे पापा <laughs>